गाइस तो कैसे आप सब भाई गाइस आप बहुत अच्छे होंगे तो गाइस साहब मैं उठ चुका तो तो गाइस गाइस टाइम हो रहा है यार भाई भाई बर्थडे पे एक सेकेंड में आ चुका हूँ आपका छोड़ना पड़ेगा बस ज्यादा तारीफ होगी बस बस बस ज्यादा तारीफ होगी और सुनो भाई क्या में टाइम पास हो रहा है? मैं तो बोर हो रहा भाई। क्या करें मजबूरी दो टिकटी किसी को अभी हम वहाँ तो जा रहे हैं जब आपको मैं भाई अगर सामान रखा था दुकान पर अब मैं जा रहा हूँ हेलो ये हमारे है क्या सब्सक्राइब करता चाचू के चैनल को तो भाई मैं सामान देकर करके आ गया था हम मिलते है आपको हम दिमाग ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने घर पर तो मिलते हैं अभी मैं आ गया था अपने घर पर भाई बारी इतनी कटनी है ना भाई ए सी को तो चलाया अब थोड़ी सी ठंडक पड़ी है तो बना रहे खाना तो फिर अब खाते हैं तो लंच करते हैं मैं अब उठाता तो मैं जा रहा हूँ हैं, हैं हैं जाकर लाइट लाइट कर देते हो। अब अब अभी हम हम जा रहे बाहर। इस बार कुछ अंदर करते है टाइम गया नौ आप देख के बारे में थैंक यू सोने गई तो भाई आज के ब्लॉक में इतना ही अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना कमेंट करना शेयर करना तो मिलते आप हैं आपका में तब तक, तक के लिए बाय बाय बाय